भारत ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले चौवन स्मार्टफोन ऐप्स को तो बैन कर दिया है बैन किए गए ऐप्स में मशहूर गेम कैरीना फ्री फायर भी शामिल है